मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता सफल लोग जीवन में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते जबकि असफल लोग बहाने बनाने में पीछे नहीं हटते दरअसल वे बहाना बनाकर खुद को ही धोखा दे रहे हैं और वे अपने भविष्य की ऐसी नीव रख रहे हैं जो उन्हें कभी जिंदगी में सफल नहीं होने देगी तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा तो आज का जो हमारा टॉपिक है जीवन में वे पांच बहाने जो हमें कभी नहीं बनाने चाहिए तो कौन कौन से हैं? तो हमारा आज का पहला है यह काम मुझसे नहीं होगा कभी कभी तो काम को शुरू किए बिना ही हम यह मान लेते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है ऐसा कहने से वो काम और भी मुश्किल लगने लगता है आपको मन में सोचना होगा कि यह काम तो आसान है और इसे मैं कर लूँगा फिर मेहनत और लगन से उस काम को करिए फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगता है नंबर दो मेरी तो किस्मत खराब है जब भी कोई किसी काम में असफल हो जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को ही दोष देता है क्योंकि मेरी किस्मत खराब है अपनी किस्मत खुद बनाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो नंबर तीन मेरे पास समय नहीं है यह दुनिया का सबसे फनी और तैयारी तो को रात में करते थे आप समझ गए हो गए की समय सबके लिए बराबर होता है नंबर चार उम्र का बहाना कमिया ज्यादा कम, कम उम्र वाले बोलते हैं की मेरी अभी उम्र ही कितनी है और ज्यादा वाले बोलते हैं की मेरी अब उम्र कहाँ कुछ करने की आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और उस अपने काम में जुट जाइए नंबर पाँच लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग हम सभी इसी से डरते रहते हैं कि अगर मैं किसी भी विषय में या फिर मान लीजिए जिंदगी की कि किसी भी परीक्षा में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे लोगों का काम तो है कहना वो तो जब भी कहेंगे आप पास हो गए तो भी कहेंगे फेल हो गई तो भी कहेंगे तो लोगों का काम है कहना आपका काम है मस्त रहना तो आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाली और भी वीडियोज को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ